रोशनी चांद से होती है सतारों से नहीं मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था मेरा शेर मेरी मर्जी <laughs>